मैं हूं राधे माँ दिव्य धारा भक्ति चैनल को मेरी बहुत ब्लेसिंग है कि ये बहुत आगे बढ़े भक्तों का ये विशाल हजूम ममतामई श्री राधे माँ जी के एक दर्शन मात्र के लिए घंटों से खड़ा है सभी की निगाहें एक टक से ममतामई श्री राधे माँ जी के इंतजार में लगी हुई है सभी के लबो पे माता जी के जयकारों से पूरा वातावरण ही राधे में हो उठा चंद को कोई माता जी की आरती कर रहा था, तो कोई पुष्प वर्षा से तो कोई उनके पावन चरणों के दर्शन को ललित दिखा ममता मई श्री राधे माजी ने सर्वप्रथम सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया और दिव्यांगों में ट्राई साइकिल वितरित की जोर ऐसी बोलो आपको सब भक्त कृपा करने वाली मैया बोलो माता जोश से बोलो आ गई मैया कर लो दर्शन बोले भी बोले बोले भी बोले बोलो जोश से बोलो जोश से बोलो माता दी आ गई मैया जोर से बोलो माता दी माता तो तो माता जी, जी जी क्या कहेंगे आज ने आपको रिक्शा दिया है जी जी क्या कहना चाहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद इनका मेरे को शायद साइकिल दिए इन्होंने बहुत कृपा हुई इनकी मतलब इसकी जरूरत थी इसकी जरूरत थी मेरे को मैं बहुत परेशान थी चंद जिनको ये रिक्शा मिल रही है मैं राधे माँ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी कृपा से जो है ये रिक्शा मिल रहा है और गरीबों के लिए और सबके लिए बहुत हेल्प करती हैं तो उनसे हमने प्रार्थना करी थी कि हमारी मैडम को अपाए जाए उनको जो है रिक्शा चाहिए तो उन्होंने हमारे ऊपर ये दया कृपा करी है। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं माफ़ जैसे और कितने लोगों की मदद की है हमने देखते हैं जी यहाँ इन लोग ने बहुत ज़्यादा मदद की है गरीबों की जितने भी आते हैं गरीब उनकी सबकी सहायता करती हैं उन सबको बुला बुला के देती हैं उनको ये कि कोई भी गरीब कोई ऐसा ना हो जो कि मेरे से यहाँ से छूट जाए तो वो सबकी हेल्प करती हैं और सबको देती हैं मैं उनका बहुत बहुत दिल से तह दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ राधिमा जी इस दर से जो भी आया कभी खाली हाथ नहीं लौटा जिसका साक्षात उदाहरण हमने देखा कि किस तरह दिव्यांगों की आज मदद की गई साइकिल बाईसाइकिल क्या कहना चाहेंगे हाँ हमने अपने दिल्ली चैरिटी सोसाइटी से एक व्हीलचेयर दी है जरूरतमंद को उसके बाद माताजी ने आगे कार्यक्रम के लिए प्रस्थान किया यह भव्य नजारा दिल्ली के रमेश नगर में स्थित दिल्ली का राजा के सौजन्य से श्री श्याम संकीर्तन का आयोजन किया गया था जहां श्री राधे माँ जी के पहुंचते ही मानो यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लग गए हों पूरा पंडाल राधे माँ जी के जयकारो से गूंज उठा पंडाल में उपस्थित प्रत्येक भक्तगण माता जी के दिव्य दर्शन पाके भाव विभोर हो उठे हर कोई माताजी की सुंदर काया को देख स्तब्ध रह गया सर्वप्रथम श्री राधे माँ जी ईश्वर के सम्मुख नतमस्तक हुई और उसके उपरांत माता ने सभी का मार्गदर्शन भी किया रहीम का भी क्या करें जो नमस्ते का जवाब दे? देश को जिसने लूटा औरंगजेब उसके नाम से सड़के बनी हुई हैं बताओ क्या करें? करना करके लाल किला किसने बनाया हमारे बच्चों को पढ़ाया गया मुगलों ने बनाया लेकिन लाल किला भी हिंदू राजा ने बनाया था जिसका नाम ग्रोम तो, का राम का नाम अच्छा नहीं लगता उन्हें बता दूं जो नाम ना ले राम का वो काम करे चांदाल का मृत्यु उस भी उसका क्या बना ले जो भक्त हो का डाल हाथ रे गिदी गिदी बल्ले बल्ले कि बल्ले बल्ले सारी इलाके जनता जनार्दन की एक बात कहना चाहती हूँ किसी को पत्थर में शिवलिंग नजर आते हैं किसी को शिवलिंग में पत्थर किसी को पत्थर में शिवलिंग नजर आते हैं किसी को शिवलिंग में पत्थर बन की रही भावना जैसी रबी जैसी मानूस बन के जिसकी ही फाजत हवा करे वो शमा किया मुझे कि जिसको रोशन खुदा करे बस इतना कहती हूँ और एक मेरी है अपने माता पिता का दिल करें फिर इसे ज़्यादा आई एम राजेंद्र आज हमने ये भी देखा कि राजा के दरबार में भी आपका भव्य स्वागत हुआ वहाँ पे आ, उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाली क्योंकि लाखों की संख्या में वहाँ पे श्रद्धालुओं ने मतलब पूरे हृदय से आपका स्वागत किया हाँ उन्होंने इनविटेशन दिया था तो मैं भक्तवसल हूँ जो भी कोई श्रद्धा से बुलाते हैं तो मैं जरूर जाती हूँ मेरे को मैं मटेरियलिस्ट नहीं हूँ मेरे को श्रद्धा और भाव बहुत अट्रैक्ट करते हैं तो मैं फिर उनको निराश नहीं करती मैं ज़रूर जाती हूँ बहरहाल हमारा सफ़र अभी यही ख़त्म नहीं हुआ इसके उपरान्त माता का काफिला निकल पड़ा दिल्ली के रोहिणी सेक्टर छे की ओर जहाँ भगवती माताजी का भव्य जागरण आयोजित किया गया था और यहाँ पहले से ही समस्त भक्तगण श्री राधे माँ जी के इंतजार में व्याकुल दिखे जैसे ही माताजी के पावन चरण पूजा स्थल पर पड़े मानो सभी भक्तों में एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो उठा हर तरफ माताजी के जयकारो से पूरा पंडाल राधे माँ में हो उठा माताजी का सुंदर स्वरूप देख सभी भक्तगण नतमस्तक हो उठे और माताजी की भक्ति में लीन हो गए और राहुल ने मुझे इनवाइट किया है जागरण देख तो मैं भगत बत्सल हूँ जब राधे माँ को कोई श्रद्धा से बुलाता है मैं ना पैसे के पीछे हूँ मैं किसी चीज़ के पीछे नहीं हूँ मैं मटीरियलिस्ट नहीं हूँ तो जब इसकी मैंने श्रद्धा देखी तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगी जबकि आज बहुत बड़ा प्रोग्राम है आई एम वेरी टायर्ड फिर भी मैं आई तो राहुल के साथ जो सेवादार भी जुड़े हुए हैं मैं उनको भी बहुत ब्लैसिंग करती हूँ और आई एम वेरी हैप्पी और एक बात कहना चाहती हूँ किसी को शिवलिंग में भी पत्थर दिखाई देता है किसी को शिवलिंग में भी पत्थर दिखाई देता है किसी को पत्थर में भी शिवलिंग दिखाई देता है सब जग फिरे राम न पाया जा पंडित भयो न को ढाई प्रेम के बड़े सो पंडित हो एक माई थी वो चरखा चलाती थी और राम राम राम राम राम का जप करती थी भाई ऐसा ना कर भगवान तो बड़े बुरे हैं बहुत जल्दी मान जाते हैं तो एक संत थे प्योर एंड पायस मन को सोदे तन को सोदे सोधे सकल शरीर दया धर्म की कफनी पहने सोए असल फकीर जिन्होंने मन को सोध लिया और अपने साथ को सोध लिया काम क्रोध लोग मो अहंकार जिन्होंने इन चीज़ों पे अपना डाल दिया है इसमें तपा है। हैं संसार के लिए जगत कल्याण हेतु तो गृहस्त में रह के भी जो फक्कड़ है जगत कल्याण हेतु ऐसे संतों को एक भक्त उनका डिबोटी था वो रोज़ माई के पास जाता वो कहता उसने कहा महाराज जी एक माई है वो बहुत भक्तनी है वो राम राम जपती रहती है गली में बैठ के और पूर्णिया कहती है ऐसे ऐसे यू नो तेट रूइंगी बहुत भक्त नहीं है संतपूर्ण पूरे गुरु का सुन उपदेश नानक पूरे के संग पूरे ले के नहीं वो भक्ति नहीं है जो भक्त होते हैं ना, वो बहुत काम होते हैं शांत होते हैं वो पहचान जाते हैं रूह को लेकिन ये वो भक्त नहीं है कते जाओ फिर वो डिबेट करता अपने सतगुरु से नहीं गुरुजी जी सतगुरु वो बहुत बड़ी भक्त है कहते जाओ वो समझ गए कि मेरा भक्त डिवोटी मेरे साथ डिबेट कर रहा है इस डिबेट करने का फायदा नहीं उसको जाके बोलो कहते उसको जाके बोलो सुई के नक्के में से पहाड़ निकल रहे हैं इसमें नीडल के शेक में से पहाड़ निकल गए कहते नो ऐसे कैसे हो सकता है कि सुई के नके में से पहाड़ निकलें कहते संतों के पास जब गया संत का निंदक महाहत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा जो संतों की निंदा करता है कहते वो हो हत्यारा होता है उसको परमेश्वर सजा देते हैं हमें क्या कोई कुछ भी करे हमें अपनी करनी अच्छी करनी है दूसरों को हम क्यों देखें हमें अपने आप को अच्छा बनाना है दूसरों को नहीं कहना जितने भी संसार में आए किसी ने उसको नहीं अपनाया हमें ये देखना कि हम क्या कर रहे हैं हमारे अंदर क्या दोष है दूसरे के दोषों दोषों को देखने से पहले हमें ये देखना है क्या हम कितने अच्छे हैं तो उसने कहा चल चल जा जा किड़े तेरे संतों ने बताया है कि नीडल के नके में से पहाड़ निकल रहे हैं नो नो नेवर ऐसा नहीं हो सकता तो अपने संतों के पास जाके शत्रु के पास जाके कहता है कि माइने ऐसे कहा है तो कहता वो एक वो उसका बिजनेस है पहाड़ के ऊपर एक उसका बिजनेस है वो देखो हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई नानक को हुक्मे जे बुझे था हमें कहे ना कोई जो भी सृष्टि में हो रहा है सब उस निरंकार के हुक्म के अंदर हो रहा है जो जो जिस जिसकी उसने ड्यूटी लगाई है वो कर रहा है इसलिए कसूरवार कोई नहीं तो वो बकरे काटने का काम करता है उसको जाके बोलो कि नीडल के नक्के में से पहाड़ निकल रहे हैं कहता एवरी थिंग इज पॉसिबल फॉर गॉड कहता वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता वो चाहे अंधे को आंखें मिल सकती है वो चाहे तो गुंगा राग गा सकता है तो फिर जब उसने जाके कहा तो वो कितने बात भी विश्वास की है जब तक उसको विश्वास ही नहीं परमेश्वर के पति तो तब तक वो भक्त कैसे है भक्त वो जिसको विश्वास है एक लभदे फिर दे मोहन एक लभ्या श्याम गवाले दे एक खाली मुड़ो दे एक अंदरों का जनता जनार्दन है कम, किस रूप में आके, प्रभु हमारा कल्याण कर जाए हम अपने में फंसे रहते की हम ही सब कुछ है लेकिन मैं मां राधे मां मैं हूँ राधे मां दिव्य धारा भक्ति चैनल को मेरी बहुत ब्लैसिंग है कि ये बहुत आगे बढ़े Yeah. Yeah.